जिगर गर पौलाती जहाँ कहिए वसूल जिगर पाओलाती जहाँ कहिए वसूल से प्यार से कहते हैं हम सब नवाबो के पाप का शहर गोरखपुर यह yeah!